असलकम कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों को शबे बारत बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर कर दे दुआओं में आप हमें भी याद रखिएगा हम तो आपको याद रखेंगे ही रखेंगे दुआओं की दरखास्त है आप सबसे और मैंने शबे कदर गलती से बोल दिया आप लोगों ने मेरा कमेंट बॉक्स भर दिया शबे बरात होती है शबे बरात होती है जी हाँ मुझे पता है गलती से मुंह से निकल गया था शबे कदर ये शबे बरात है मुझे मालूम है आगे जो हमने इबादत करी है पूरी रात में ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी और आप लोग जरूर देखियेगा अच्छा जी फ्रॉक भी दिखा दी थी ना बनाना का बनाना आपको ये कौन लाया था आपकी आपू का मामू पापा लाए थे पापा कौन लाया था आप तो मामू की है। ने, ने ने ने, ने। आपने माम तो नहीं किसी को भी आज करो आरोना माम करो सबको अब तक करो? बाय दो। बनाना खा लो जल्दी से चलते नाना खा रही नाना। अस्सलाम सब लोग, मेरा नाम है है मेरा नाम हिनायत खान मैं छह साल की और मैं आज आपको चार वाली हूँ पहला कलमा सुना पहला कलमा पहला कलमा ला पहला कलमा ला पहला कलमा ला नसूरुल्ला अशदुल्ला इलाहा पाँचवा दौड़ ना वहाँ मंदन अब दो तोलो, हम्म, hmm. तीसरा, तीसरा कलबा तो, ची, तीसरा कलबा तो मंजरु बार रहना ही, बला हंदरेल्ला ही, बला इलाहा इल्लाहु, बला hmm. उपर, बला होमला बला कोबता, बिला बिलाहिल अलेखुल रजीब, चौथा कलबा तो एक तो एक बते एक, बला इलाहा इल्लाहु वाला वा वा की की दुआ खाना खाने की। तो अगर खाना खाने में भूल जाओ बीच में पड़े दो ठीक तो से सुनाल दूध पीने की दुआ अल्लुबा पारक लेना फिर ही बिल और जब खाना खाने के बाद की दुआ <laughs> वह आना वह आना वाली बुतली अच्छा हमारे नबी की कितनी बेटिया थी चार बोलो हमारे नबी की चार बेटिया थी ऐसे हमारे नबी की चार बेटिया थी नाम बताओ अचत अच्छा पापा सबसे बड़ी छोटी अच्छा तो अच्छा अच्छा तो हजरत अच्छा सही से बताओ हमारे नबी की कितनी बेटिया थी हमारे नबी की चार बेटिया थी नाम बता दो बस अचा पापा सबसे बड़ी नहीं मत में मैं मैं बोल रही थी बैठते थे थी। तब से बड़ी छोटी छोटी छोटी छोटी कुल सबसे हजरत अच्छा आप सब को शबे कदर दर मुबारक बोलो शब के दर मुबक मुराबक हो मुबारक हो <laughs> <को। laughs> मुबार, आप सभी को। आप को। और आप सब हमारे लिए भी दुआ करना ये आप सब हमारे लिए भी दुआ करना और कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथ हाथ को ना के मुँह से नाचे से से से से। दुआ करो वायरस वायरस खत्म हो जाए। तो तो आपको पहले या रोमाल अपने <laughs> और जै के लिए भी टिश्यू को जल्दी से डाल दे और हाथ ना मुंह को हाथ से ना okay. हाथ धोते हैं बीस सेकंड तक साबुन या पानी से हाथ धोए बस बस बस बस अभी आ गए पहले की कोई कोरोना वायरस हो जाए पापा जी आप, कहना ये का हो के <laughs> आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शब बारत की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सब से एक अल्तजा भी है आप सब मेरे मेरे परिवार के और हर मुसलमान के और हर इंसान के हक में दुआ करें उसकी खैर व बरकत में दुआ करें उसकी रोज़ियों के लिए दुआ करें उसकी बहन बेटियों के लिए दुआ करें कि ये जो भी माहौल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह काजाब लाही नाजिल हुआ है इस सब से हम सबको निजात मिले हमारी गलतियों की वजह से ये अज़ाब हम पे नाजिल हुआ है अल्लाह से रो रो के दुआ मांगें हस्तक पढ़ते रहें और दुआओं में सबको याद रखें अल्लाह हाफ असलमकुम शब्रत आप सबको मुबारक हो तो अभी अभी आपने देखा कि इनायत ने आपको जो भी वो पढ़ती थी उसने वो सब सुना दिया और आसफ़ जी ने आपसे आज बात करी है और रिक्वेस्ट भी करी है कि हम सब मिलके दुआ करेंगे तो इन दुनिया में जो भी साब इलाही आया हुआ है वो सब ख़त्म हो जाए और अभी बज रहे हैं रात के साढ़े और इनायत का सोने का कोई भी मूड नहीं है अभी इनायत को बस अभी मम्मी के साथ पढ़ना है और इनायत का भी पहला सितारा अली फिल का पारा जो है ना इनायत पढ़ती है वो लगा हुआ है उसका और इनायत के हाफिफ जी आते थे पढ़ाने के लिए लेकिन इस टाइम पे हमने मना कर दिया है कि अभी नहीं पढ़वा रहे हम तो इनायत को मैं और आसिफ जी दोनों ही मिलके के धीरे धीरे पढ़ा देते हैं कल की बात बताओ जो हाँ कल हमारे मम्मी के यहाँ पर कुरान खानी थी तो इनायत ने दूसरा पारा जो है वो थोड़ा सा पढ़ा था दो पेज पढ़े थे उसके अच्छा एक पेज पढ़ा था उसका इनायत ने और बहुत अच्छा पढ़ा था हिज्जो कर कर के पढ़ रही थी थोड़ा रवा पढ़ती है थोड़ा हिज्जो से पढ़ती है बट पढ़ लेती है आज के शबे बरात में अभी तक हमारी इबादत चालू है और अल्हम्दुलिल्लाह लातल तस्वीर की नमाज़ भी हो चुकी है हमारी थोड़ा सा टाइम मिला था तो चाय पी रहे थे हम लोग तो मैंने कहा चलो हस्बैंड के लिए भी चाय बना देती हूँ अपने लिए भी चाय बना देती हूँ तो बस आप लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा हम सब मिलके दुआ करेंगे तो इन पूरी दुनिया में दोबारा जैसे सब कुछ हो जाए जैसे तो पहले होता था ना सब कुछ पहले जैसा हो जाए अल्लाह ताला से आप भी दुआ करिएगा हम तो खैर कर ही रहे हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए तो बस आज का शब कदर का शब बरात का जो व्लॉग था वो इतना ही था थोड़ी थोड़ी अपडेट देनी थी कल हम रखेंगे रोज़ा तो सैरी में जो होता है मैं भी आपको दिखाऊँगी ठीक है अल्लाह तक बहुत सारा ध्यान रखेगा